हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद करती हूँ कि इस कोरोना सिचुएशन में आप अब और के घर वाले सब सेफ हैं तो आज मैं फलसा ड्राइंग एकेडेमी की मोस्ट पॉपुलर ड्राइंग को रिक्रिएट करने जा रही हूँ उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा तो आइए शुरू करते हैं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 वीडियो आपको कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर बताना और एक लाइक कर देना प्लीज़ मैं एक घंटे से ये ड्रॉइंग करते जरूर ये करते जरूर मुझे एक घंटे लग जाए ये ड्राइंग करने के लिए मेरा हाथ डूब रहा है एक लाइक तो ज़रूर कर देना यार और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब करने के लिए तो आपको कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं लगेगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अभी के लिए बाई और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप सब सेफ रहिए मास्क पहनते रहिए और हाथ धोते रहिए बाय